और आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पीओ का भी जन्मदिन है ये हमारा स्पेशल ब्लॉग है बर्थडे ब्लॉक है शुरुआत करता हूँ अपने ब्लॉग की do you <laughs> happy bye. बाबू तो मेरे हाथी इशू इशू किसी को आप फिर आगे का ये लो बेटा चॉकलेट बोलियो कि कितना सारे कलर प्रोड्यूस कर क्या दा थोड़ा सा वो कह रहा था कि न्यूज़ तो कलर से कर लो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो सारे ये लो अच्छी तरह से कर दो अच्छा पता है ये पीछे पीछे मां वाली दिख रही दिख रही है ये लो इसके नीचे इसके ऊपर छोड़ देगा किसका होया बाकी वो लग गया वेरी गुड अरे हेड तो बोलियो कि कितना हो गया वे कैंडल तो लगाता है तूने काटूँगी। जान लगा तू काट जाएगी। एक ही लगा लेना, एक ही लगा लेना। कौन से काटने में भी है? वहीं बात है। बहुत मज़े के। अच्छा ठीक। हम्म। ओके। तुम बचेरे बड़े हो। अब ये साथ ही होगा। चला है, उसके काय, सब के काय, उसके काय में चीज़ें होंगी। हम अपने मोड़ा che non può fare così fa qualcosa ma la hai vuole dargli mangiare che calunu tanto फोन फोन प्रॉब्लम है बस हमने ही ऐसा करा है यार से तो सेंट्रल क्लब दिल्ली में बहुत समय चाहिए था क्या बात है आप लोग गलत जगह बैठ गए सो आपके जो निकलते यहां पर मैं को छोड़ देता हूं मैं भी नहीं डालता लोग अभी नहीं मम्मी मम्मी करक ना हो गया Eu tava ali. Eu tava ali. Eu tava ali. Eu tava ali. Eu tava ali. Eu tava ali. चलो भाई क्या करो? काँच क्या करो? अच्छी सुन्दर बहन, सुन्दर बहन यूँ। कितनी दिन में देखी है? बच्चे के सामने भी किड्स का होता है ना? यूँ, ये भी बात कर रही हूँ यूँ। इसी अच्छी। लक्ष्य कर लिए। लक्ष्य कर लिए तो कमरा आएगा। ठीक है बेटा। अरे वो कमरे की बात करना चलो। ये चाहिए अभी देते हैं अभी देते हैं। अभी देते हैं। अभी देते हैं। बहुत सारे। बहुत सारे। तो क्या? था कि कंप्लीट हो जाएगी। बाबा जी। हेलो कर दो हेलो कर दो। हेलो गाय। चिपकों पियूए। अरे बाप। चिपकों दिखा दे। क्या है मास्टर। चिपकों दिखा दे तो भाई तो मैं तो क्यों देख रहा हूँ � <cuc> yeah, yeah, yeah. जहाँ से पढ़ना होता है ना तो ये साहित हमारा प्रदेश ब्लॉग है अरे देखो देखो ये ये तो गाई दे दोन आते बाप गाल तो अच्छा। वो है है छोटी एक्टिंग करनी आती भी करने आ रही है कम्बल कम्बल यह कम्बल ठीक है बड़ा बड़ी है बड़ी भी बड़ा आप खाना भी आप खुद बन दो ना मेरे आँखों को दो ना तो काली है काली तोड़ के अपने बोलो ना ये भी तो लो ऐसे ही है लोगों को ना बोले बड़ा दुबारा चिकन मैगी ना तो बनाते हो तो कौन से पेड़ लेके लो आप खुद ही बन लो आप जाते हो आप साफ़ देखा कौन से हैं खालो खालो तो तुरंत आप ही बढ़ नहीं हाँ नहीं। ये कोई नहीं समझ थैंक यू अपना कम मंगाया है क्योंकि बहुत हैवी हो गया था ये कढ़ाई पनीर है दाल मनीर मंचूरियन और अच्छा तो खाते होगा कैसा लगा आपको अपना बोल होटल में एक दूसरे वो लोगों का भी केफरा है तो बहुत सोन रहा है बस मजा आ रहा है अमेजिंग स्टोरी और ये अपना अपना गेट ये अपनी पार्टी हो और है।